पानी में पत्थर मत फेंको पानी में पत्थर मत फेंको क्योंकि उसे कोई और भी पीता है मेरी जान तुम जिंदगी उदास मत जियो क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता है